अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर स्टीव जॉब्स नारायण मूर्ति धीरूभाई भाई अम्बानी जैसे महारती लोगों ने अपने जीवन में सिर्फ मेहनत के बल पर ही सफलता के शीर्ष तक अपने आप को पहुंचाया होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता उनके अंदर कुछ न कुछ अलग होगा उनके अंदर कुछ न कुछ अलग करने की चाहत होगी जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में असम्भव से दिखने वाली सफलता को भी प्राप्त कर लिया आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं उस पारस मणि के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बाद साथ आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं आज के बाद जिस किसी भी क्षेत्र में आप होंगे उस पारस मणि का प्रयोग करते हुए आप अपने जीवन में सफलतम शीर्ष तक पहुंच जाएंगे मैं अनिमेश ब्रेक थ्रू एनालिस्ट, वास्तु कंसलटेंट आपको आज इस सफर पे ले चलता हूँ मणि के सफर जीवन के अंदर आप अगर देखेंगे सफल होने के लिए कुछ न कुछ आपके आसपास आपका माहौल भी निर्भर करता है आप अपने जीवन के आसपास के माहौल को भी देखें आने वाले समय में आप किस प्रकार से एक बीज को रोपित करकर एक वृक्ष के रूप में स्वरूप में बदल सकते हैं। एक टमाटर के स्वस्थ पेड़ को अगर आप देखते हैं तो उसकी शुरुआत एक सूखे बीज के द्वारा ही प्रारंभ हुई थी और उस सूखे बीज को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टमाटर जैसा होगा या उस सूखे बीज का जो स्वाद टमाटर जैसा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है उस बीज के अंदर जीवन है और उस बीज के द्वारा ही वो टमाटर का स्वच्छ पेड़ बड़ा सा पेड़ जिसके अंदर कई सारे टमाटर लाल लाल टमाटर स्वस्थ टमाटर लगे हुए आपको प्राप्त होंगे लेकिन उस बीज को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे अगर आपको पता ना होता कि ये टमाटर का बीज है तो आप किसी भी प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसके अंदर से टमाटर का एक बड़ा सा निकलेगा पेड़ निकलेगा जिसके ऊपर टमाटर लगे हुए हमें प्राप्त होंगे तो एक बीज से ही शुरुआत होती है टमाटर के वृक्ष की अगर आप एक बीज को रोपित करते हैं जमीन के अंदर तो कुछ समय के पश्चात उसके अंदर कोपल निकल कर आती है और उस कोपल को देखकर आप ये नहीं कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है आप ये कहते हैं अरे वाह ये तो निकल आया ये तो चल पड़ा अतः उस तरीके से अगर आप अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं एक बीज को रोपित करते हैं और वो जमीन जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है उस बीज को अगर रोपित करवा अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देता है एक दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा वो दृढ़ प्रतिज्ञा वो विश्वास कि आप जो भी चीज जो भी शिक्षा जो भी क्षेत्र जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आने वाले समय पर आपको उचित सम्मान के साथ सफलता प्राप्त कराने में मदद करेगा आज का किया हुआ कार्य कल की सफलता में वो परिवर्तित होगा आपके जीवन में वो विश्वास वो अटूट विश्वास आपको सफल बनाने में मदद करेगा आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास रखना होगा उन सभी लोगों ने अपने ऊपर अटूट विश्वास रखा था और वही एक पारस मणि के रूप में उनके जीवन में उभर कर आया जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में इतनी असंभव सी दिखने वाली सफलता को भी प्राप्त किया तो वो अटूट विश्वास आपको अपने कार्य के ऊपर होना चाहिए वो अटूट विश्वास आपको अपनी क्षमताओं के ऊपर होना चाहिए और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा आज के बाद अगर आपने आपने किए हुए कार्य पर अटूट विश्वास किया तो आपको सफलता की शीर्ष पर यह अटूट विश्वास पहुंचा कर रहेगा अथा अच्छा ये मणि आज आपको प्राप्त हो गई तो इसका प्रयोग अपने जीवन में हर पल करें और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाएं और इस पारस मणि को दूसरों के साथ भी साझा करें आप अपने जीवन में अगर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के द्वारा जो भी बातें आपको पता चली कि आपको अपने जीवन में अटूट विश्वास रखना बहुत जरूरी है और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यह अटूट विश्वास ही वो पारसमणी का कार्य करेगा जिसके छूते ही आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बातें आप तक पहुंचाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उन सभी लोगों को मदद करें, शेयर करने से आपके जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि आप अगर किसी को कुछ देते हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है इसलिए शेयर करें, उन सभी लोगों को मदद मिलेगी जो हो सकता है अपने जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति से गुजर रहे हों और उनको इस अटूट विश्वास की जरूरत हो इस पारस मणि की जरूरत हो और ये कार्य आप कर सकते हैं ये सहयोग आप कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हम इसके अंदर अपने विश्वास को और किस प्रकार से जागृत कर सके और आने वाले समय में जो भी हम अपने कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसके बारे में भी अपने विचार हम तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में शेयर बटन दबाकर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं इस कार्य में वृहत कार्य में आपका एक सहयोग एक आपका परिपूर्ण करने वाला कार्य आपका अटूट विश्वास एक पारसमणी दूसरे लोगों तक पहुंचेगा और आपका अटूट विश्वास ही आपको कामयाब कराने में आपको मदद करेगा तो आज के बाद जो भी आप कार्य करें अपने जीवन पर अटूट विश्वास रखें यह अटूट विश्वास दिलवाएगा आपको एक सफलता जो आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन जो आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर तो अपने अनुभवों के द्वारा दूसरों को भी मदद करे और आगे बढ़े मैं अनिमेश आपसे आज अंतिम शब्दों के साथ आने वाले समय में फिर से मिलने के वादे वायदे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि कर जाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा नमस्कार अलविदा धन्यवाद सबक खैर नमस्ते ऊर्जा